चित्रबारी की गाते हुए चरणों तक चलेंगे और माँ से कहेंगे क्या जोड़े जोड़े नाली चोरे नाली बोना को क्या बात है बहुत अच्छा साथ दिल से मुझे मिल रहा है मैं चाहूँगी कि हमारी माता बहनी भी अगर ऐसा साथ है तो मुझे, मुझे बहुत खुशी होगी। हो। दरबार ऐसे ही झूमते होती चलेंगे हाथ ऊपर की। बसंत क्या बात है बोली सरचित की आई सभी हाथ खड़े करके बात कहेंगे क्या की जोड़े वाले बहुत है घूमने वाले कौन है जरा खड़े होके बताइए बस एक हमारी छोटी बहन एक वहाँ हमारी बहन है और आप हैं तो हाथ तो दिखाना है खड़े होके दिखाइए ना है ना खड़े होके आइए बोली सब चित्रबारी की क्या बात है यहाँ सच्चे भक्त है मैंने कहा तुरंत खड़े हो गए बोली सब चित्रबारी की बोली चित्रबारी में तो आइए घूमेंगे दरबार में क्यूँकी ये दरबार कल नसीब नहीं होगा हम लोगों को एक साल के बाद अगर नसीब अपना है अच्छा तो ही फिर दर्शन होगा इस दरबार में जो तो मिली है हमें हम सबको आइए इसका लाभ उठाए माँ के भक्ति में जरा बोर हो जाए बोली सचिव दरबार है की भैया जी कहेंगे क्या चीज के बारे की तो ये कहना है कि जोड़े जोड़े पूरा लोंको भैया इधर दीजिए माँ इधर है उधर नहीं है ना? इनके लिए आए हैं हम सब तो इनके चरणों में ध्यान लगाएंगे इनके भजनों में बात बाकी काम कल भूल जाए कल के ऊपर छोड़ दे बोली सारी की एक बार जरा पीछे जितने भी भरिया जो खड़े हैं हमारे भाजपा जरा मैं तो चाहूंगी की आप दोनों तो हाथों में ऊपर क्यों करेंगे अगर तो हाथ उठाने में और माँ तो के सामने हाथ बनाने में कल कर देंगे तो माँ भी अपना आशीर्वाद देने में हाथ पीछे कर देगी इसलिए दोनों हाथ को खोलेंगे बोरी सब्जी दरबा रही तो आइए माँ से कहेंगे क्या कि जोड़े जोड़े